माँ कुंती ने द्रौपदी को भिक्षा समझकर जब पांचों पांडवों को बांट लेने को कहा तो पांचों पांडवों ने निर्णय लिया कि अर्जुन स्वयंवर जीतकर आया है इसलिए द्रौपदी का विवाह अर्जुन से होगा और बाकी चारों भाई ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करेंगे द्रौपदी की समस्या थी कि चुकी वह स्वयंवर में जीती हुई है इसलिए अपने पिता के घर वापस नहीं जा सकती वरना उसके पिता की भी लोग निंदा करते और इसलिए उसने निर्णय लिया की मैं पाँचों पांडवों ऐसी शादी करूँगी और पांचाल नरेश को जैसे ही ये ज्ञात हुआ की उनकी पुत्री का विवाह पाँचों राजकुमार ऐसी हो रहा है पाँचो पांडवों को यूथ के लिए लालूकार बैठे तभी वहाँ केशव पहुंचे और उन्होंने कहा पांचाल नरेश जरा याद करो जब भगवान तुम्हें ये पुत्री दे रहे थे तो पुत्र की लालसा में तुमने क्रोधित होकर अपनी पुत्री के लिए कैसा जीवन मांगा था तकलीफ से भरा दुनिया भर की बेजती फिर आज तुम्हारी पुत्री के साथ ये सारी चीजें घटित हो रही हैं तो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यूँ हो रही है इस पूरी घटना के पीछे भी श्री कृष्ण का एक बहुत बड़ा संदेश छुपा है की कभी आप भी भूल क्रोध में अपने संतान को कुछ ऐसे अपशब्द न बोल जाए जो कभी उसके जीवन में व्यतीत हो तो आपको सबसे ज्यादा तकलीफ